कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन मा कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन कर्म करना तुम्हारा अधिकार है परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो क्योंकि फल देना मेरा काम है